अपनी शक्ति प्रदान करो और मुझे महाशक्तिशाली बनाओ अब चलता हूँ जाओ जाओ जाओ, जाओ, जाओ, तुम तुम तुम तुम बेटा, बेटा, से तो कोई नहीं था फिर कहीं और जगह चले को कहीं नहीं मिल रहा है बुरी आतंक मचाए जा रही हैं, कुछ नहीं समझ में आ रहा है क्या करूं मैं बार बार फूल टकरा रहे करना चाहता हूँ आतरा, आतरा, आतरा, आतरा। लगता है इसे सर के पास ले जाना पड़ेगा।